पता नहीं शायद कोई वो क्या नाम फ्लाइट मोड़ पर लगा दो सर आप ये बताइए कि अभी आपने बहुत सारी बुक्स है और बहुत भीड़ भी रहा तो क्या लोग कह रहे हैं कि सर के रीजनिंग से नोट्स थे मतलब जितने सर ने पढ़ाए कोर्स ऑफ एक्शन हो जो भीटिकल आए बच्चे बोलेंगे तो बच्चे तो बोल ही रहे हैं सर तो मतलब के बाहर से नहीं आया मतलब बिल्कुल तैयार है लेकिन ऐसे नहीं मतलब मेरी मैंने अभी ऑनलाइन भी आकर एक बात कहा कि जब लोग थोड़ा खींचना शुरू कर दिए ना हाँ। मैंने कहा अब तो मोटिवेशन ऐसा बढ़ा दिया कि अब स्टेट एग्जाम के टॉपर को भी देंगे अच्छा। रेलवे के भी टॉपर को देंगे और आगे चल के आए ना तो यूपीसी वाले को रोज रोज भी देंगे सर सर मैं आपसे आप, तो आप मतलब तो तो आप क्योंकि लेके कुछ नहीं जाना है तो आप क्या कहना चाहूंगे तो तो आप भी मतलब मैं बस, बस ये क्वेश्चन है पूरे के पूरे करके आया जी सर थर्टी क्वेश्चन करके आए सारे बच्चों के पूरे के पूरे नंबर आए यानी सारे के रीजनिंग में रीजनिंग पचास में पचास सबके मैथ में भी इंग्लिश में भी कट गया तो मुश्किल है पूरे एक एक एक तो भी वो सारा सही था था गलत नहीं तो पता नहीं पता कितने होंगे यानी बात है कि 40 से ऊपर की पाएंगे आदित्य रजना सर का कहना है कि मैं नहीं मेरे बच्चे बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है तो आज उनके बच्चे ही बोल रहे हैं कि पूरा रीजनिंग में रिजनिंग पूरा इंग्लिश में पूरा में पूरा मैथ में मैथा मतलब सब कुछ क्या लगता है भाई आपको थार लेनी है आपको बिल्कुल मिलेगी थार तो क्यों नहीं मिलेगी थार तो सबको मिलेगी सबको मिलेगी सर ये बजट मान लीजिए अरबों में जाने वाला है बजट अरबों में जाने वाला है आप तैयार रहते टेंशन नहीं है पेट्रोल भरवा पाएंगे नहीं भरोप नहीं भरेगा लगेगी उसकी भी स्कूप पेट्रोल वाली भी